दोस्तों डरिए मत अगर आपने गलती नहीं किया तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है खुद को कमजोर मत बनाइए विवेकानंद जी ने भी कहा है खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही आप में हैं और आप ही हैं जो अपने आंख पर अंधविश्वास की पट्टी बांध लेते हैं और रोते हैं कि कितना अंधकार है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए अपने कोई गलती नहीं की है तो निडरता से हर सवाल का जवाब दीजिए जो आप पर उठने वाले हैं जब भी आपको डर लगे तो दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो दिमाग कहेगा झूठ बोल दो बच जाओगे मगर दिल कहेगा सो बार झूठ बोलना पड़ेगा फिर भी फंस जाओगे एक ही बार में सच बोल दो जो गलती की है वही रफा दफा कर दो और निश्चिंत हो जाओ हम स्वयं खुद अपनी किस्मत को बनाते हैं दूसरे तो बस रास्ता दिखाते या नजरें चुराते हैं आप दूसरों के भरोसे नहीं हैं जो भी बोलना है सच बोलो साफ बोलो बीच में अटकने की जरूरत नहीं है विवेकानंद जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया है हवा बह रही है जो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकरा अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं और जिनके पाल बंधे हैं वह वही रह जाते हैं तो इसमें क्या हवा की गलती है नहीं आप खुद जिम्मेदार हैं भगवान वाच है आप दूसरों के चक्कर में बंधे हुए हैं आप खुद को नहीं देख रहे दूसरों को देख रहे हैं और उनकी कमी कमजोरी आप में आती जा रही है और आपको पता ही नहीं है जब तक आप खुद को नहीं देखेंगे तब तक आप अपनी कमी कमजोरी को नहीं मिटा पाएंगे खुद को समय दीजिए एकांत में बैठिए ध्यान कीजिए आप में कितनी अच्छी आदतें हैं और कितनी बुरी आदतें हैं आप खुद को टटोल लेंगे रोज खुद को समय दीजिए आपकी कमजोरी जो छिपी हुई है उसे दूर कीजिए खुद को शक्तिशाली बनाने का अपने शक्तियों को जगाने का ये एकमात्र उपाय है परमपिता परमात्मा की याद में जब आप खुद को एकांत में उनसे जोड़ते हैं ध्यान के माध्यम से तो वो आपकी कमी कमजोरी को मिटाने में मदद करते हैं ये तभी संभव है जब आप खुद की मदद करना चाहते हैं अगर नहीं चाहते तो जैसे चल रहे हैं चलते रहिए मगर एक दिन आपको जरूर समझना पड़ेगा आपके सफलता में कौन बाधा बन रहा है जल्द आ रहा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों जरूर